तो दोस्तों दोस्तों ये है तमुरिया रेलवे स्टेशन देखिए दोस्तों रात को जो है किस प्रकार से जो है दिखता है तमुरिया रेलवे स्टेशन कंप्लीट छोटा सा वीडियो है एंड तक बने रहिए मैं दिखाऊंगा एकदम जगमगाता हुआ तमुरिया रेलवे स्टेशन जो कि रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म नंबर वन यहाँ पे जो है जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो रेस्टिंग रूम है वो यहाँ पर गाड़ी जो है लगी हुई है इसी में वो लोग आराम करते हैं और ये जैसे कि उसकी मशीन है और ये कोच है देखिये यहाँ पे जो है बच्चे कुछ खेल रहे हैं शाम का टाइम है और यहाँ पे सारे लाइट जो है वो जल रहे हैं कुछ लोग वहाँ टेबल पे बैठे भी हैं और इस प्रकार से देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक रोशनी से जो है जगमगा रहा है कम्प्लीट तमोरिया रेलवे स्टेशन जो है इस दृश्य का जो है आनंद लेते ले रहे हैं यहाँ पे और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हर तरफ जो है जगमगा रहा है चारों तरफ रोशनी है